दोस्तों लोग आज के समय में छोटी छोटी बात पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो वो उन पर तुरंत ही विश्वास करके सच मान लेते हैं जबकि ऐसा नहीं होता कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी बाद में झूठ साबित हो सकता है वो गलत भी हो सकता है इसलिए कोई भी चीज़ पर हमें विश्वास करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है और किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया करने से पहले उसे धैर्य के साथ सोच समझकर उसे परखकर हमें उस पर प्रतिक्रिया या क्रोध करना चाहिए नहीं तो इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है हम कुछ बड़ा गलती कर सकते हैं इसलिए हम जीवन में कोई भी बड़ा फैसला कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले या क्रोध करने से पहले हमें एक क्षण ठहर कर सोच विचार कर, कर कर कदम उठाना चाहिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध पर काबू कर लेता है और जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है उसे जीवन में कभी कोई भी मुसीबत नहीं आती वो बड़ा से बड़ा समस्या और परेशानी से सहज से निकल जाते हैं उसे कितनी भी बड़ा चुनौती समस्या या परेशानी विचलित नहीं कर सकती और वहीं पर एक क्रोधी व्यक्ति और धैर्यहीन और परेशान व्यक्ति छोटी छोटी बात से भी परेशान हो सकते हैं और वो बड़ा गलती कर सकते हैं और वहीं जब उसमें धैर्य नहीं होता तो वो किसी भी बात पर वो चाहे कोई भी चीज सुना हो या देखा हो उस पर तुरंत ही विश्वास भी कर लेते हैं और बाद में जाकर उसी बात को लेकर उसे पछताना पड़ता है जब वही चीज जब वही बातें गलत साबित हो जाता है और कोई अनर्थ हो जाता है सब उसे पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है तो दोस्तों इसी पर आधारित आज की कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए अगर आप इस इस चैनल चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही घंटी बटन को भी जरूर दबाए दोस्तों यह एक गांव के उन दिनों की बात है जब वहां के लोग अक्सर विवाह के बाद पति अपनी पत्नी को घर में छोड़ कर, बाहर की तरफ कमाने निकल जाते थे और 9-10 साल के बाद अच्छे से कमाकर शहर से वापस लौटते थे एक बार की बात है एक ओमनाथ नाम के युवक के विवाह के दो साल बाद परदेश जाकर व्यापार करके पैसा कमाने की इच्छा वो अपने पिता से जाहिर करे पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को मां बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने शहर चला गया ओम ने खूब मन लगाकर मेहनत की और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों तरफ से सकुशल हाल खबर मिल जाया करती थी ओम सत्रह वर्ष तक शहर में ही रहा अपनी मेहनत के दम पर अब ओम बहुत अच्छा धन कमा चुका था अब ओम अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता था अगले ही दिन ओम ने अपना सामान पैक किया और वहां से गांव के लिए निकल पड़ा गांव जाने से पहले ही ओम ने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दे दी थी रास्ते से ओम के साथ एक ऐसा आदमी भी जा रहा था जो मन से बहुत ही दुखी था ओम ने उसकी उदासीनता का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है ओम ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्मभूमि है इसका मान रखना चाहिए इतना सोच ओम ने ज्ञान सूत्र के खरीदने की इच्छा जताई तब उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत पाँच हजार स्वर्ण मुद्राएं हैं ओम को सौदा तो महंगा लग रहा था लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसे पांच हजार स्वर्ण दे दी व्यक्ति ने ओम को ज्ञान के तीन सूत्र दिए पहला सूत्र कभी कभी आंखों से दिखा हुआ भी सत्य नहीं होता यानी देखने के बाद भी हम जैसा सोचते हैं असल में वैसा होता नहीं इसलिए ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखे दूसरा सूत्र जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार कर लेना चाहिए तीसरा सूत्र जिंदगी में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना ले, ओम ने ये तीनों सूत्र अपने मन में बैठा लिया और उसने एक प्रजा में लिख रख लिया कि उसे समय आने पर स्मरण कर सके उसे पढ़ सके तीन दिन की यात्रा के बाद जब ओम रात्रि के समय अपने गांव में पहुंचा उसने सोचा इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया और तभी ओम वहां का नज़ारा देखकर ओम के पांवों के नीचे की जमीन ही खिसक गई या देखकर कि पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था ओम अत्यंत क्रोध में में सोचने लगा कि मैं में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहां अन्य पुरुष के साथ लेटी है दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज इतना सोचते हुए ओम ने क्रोध में तलवार निकाल ली और वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर मुद्राओं के प्राप्त ज्ञान के तीन सूत्र याद आए इतना सोच ओम ने धैर्य से काम लिया और शांत मन से विचार किया ओम ने तलवार पीछे खींची तो तभी एक बर्तन में टकरा गई बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन सुना सुना था खुशी पत्नी के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और वह बोली इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले हैं ये मैं ही जानती हूँ ओम तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था पत्नी से युवक को उठाने के लिए कहा तब उसकी पत्नी ने कहा बेटा जाग देख तेरे पिता आए हैं पत्नी के इतना बोलते ही ओमनाथ सुन रह गया युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करके झुका तो तभी उस युवक की सर की पगड़ी गिर गई उसके लंबे वाल बिखर गए ओम की पत्नी ने कहा स्वामी ये आपकी बेटी है पत्नी बोली पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं यह सुनकर ओम की आंखों से आंसू धारा बह निकली पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मैं कितना अनर्थ कर बैठता ये भगवान आज तो अनर्थ होने से बच गया मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता तो दोस्तों ज्ञान के वो तीन सूत्र ओम के जिंदगी में कितना काम के साबित हुए ऐसा ही हम सब की जिंदगी में होता है बिना सोचे समझे किसी भी बारे में फैसले ले लेते हैं क्रोध में धैर्य खो देते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और हमें क्रोध में कभी फैसले नहीं लेना चाहिए जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि जो ओम ने देखा और सोचा वो सच नहीं था जबकि सच कुछ और ही निकला इसलिए कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए दोस्तों अगर ओम ने अपने क्रोध पर काबू ना करके वह अगर तलवार चला दिया होता या मारपीट कर लिया होता तो क्या होता उसके अपने ही पत्नी और बच्चे का कत्ल हो जाता इससे बहुत अनर्थ हो जाता हालांकि समय में ही ओम को वह संत के द्वारा दिए गए वो तीन सूत्र उन्हें स्मरण आ गया और वो क्रोध ना कर धैर्य के साथ वहीं पर खड़ा रहा तो बाद में उन्हें पता चला कि वो युवक के रूप में उनका ही अपना बेटी थी ऐसा ही हमारे जीवन में होता है हम किसी बात को लेकर बड़ा ही क्रोधित हो जाते हैं क्रोध में हमें सही और गलत पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती और हम आवेश में कुछ बड़ा गलत कर लेते हैं और जीवन भर पछताते हैं तो इसीलिए महात्माओं ने प्रसिद्ध पुरुषों ने कहा है कि क्रोध और काम पर हमें सदैव नियंत्रण रखना चाहिए और साथ ही जीवन के कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले हमें उस पर गहन सोच विचार करके ही अपना कदम उठाना पड़ता है और हम ज़्यादातर ऐसा नहीं करते हम कोई भी चीज़ पर कोई भी कार्य में तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं जबकि हमारा आंखें दिखी बात भी गलत हो सकती है हमें कोई भी चीज़ पर चिंतन मनन तो जरूर करना चाहिए आज के जमाने में धोखा देने वाले लोग भी बहुत हैं तो इसीलिए हमें सोच समझ कोई भी कार्य को करना चाहिए जब हम विचार नहीं करते तो उस कार्य में उस फैसला में हमें नब्बे प्रतिशत असफलता होने की संभावना रहती है वो फैसला गलत होने की संभावना रहती है तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं हमें जीवन में क्रोध ना कर जल्दबाजी ना कर ठहर कर धैर्यता के साथ विचार के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए इससे हमारे जीवन में समस्या नहीं आती और हम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हो कि आज की कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद